यार तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के दुनिया माधर चौथ थी माधर माधर्चोध चौथ है माधर चौथ रहेगी अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो अरे नहीं वो? नेवर